हाई हेलो असल नमस्ते वेलकम बैक टू और चांद हम लोग सो कैसे सब लोग तो आज की वीडियो में मैं वीलॉग दिखाने वाली हूँ समर ट्रिप की वी लॉग सो so, इस वीडियो में मैं आपको टिप्स भी दिखाने वाली हूँ सो so, इस वीडियो फर्स्ट से लास्ट तक का ज़रूर देखना दमन वीलॉग है डे वन की और मैं लॉन्ग ड्राइव पर जा रही हूँ तो वो लॉन्ग ड्राइव पर मैं प्रेफ़र करूँगी कॉटन टाइप ऑफ मेटीरियल सो मैं एक कॉस्ट्यूम पहनने वाली हूँ सो पैकेज में मेन थिंग ये है कि डाइपर्स मस्ट एंड शुड डाइपर्स तो मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ और 4:16 सिक्सटीन पी एम वी स्टार्टेड आवर जर्नी एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी लाइक सिक्स एंड प्लस किलोमीटर्स so we started like this and uh, you can see the amazing climate here न सी दमेजिंग क्लाइमेटर सो आई लव सो जर्नी स्टार्टिंग में तो बहुत ही हैप्पी फील हो रहा है अरसान एंड मी टू एंड उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे night हो गया है और time Like uh, 7:31 and we, we were like hungry. So हंग्री सो ये है मेरे बेबी की सीट इस तरीके से अरेंज कर रही हूँ और वो बैठ रहा है खेल रहा है सो रहा है जो भी करा है और उसके बाद हम लोग को भूख लग रही है सो टाइम इज़ लाइक 8:10. टेन वि स्टार्ट इज सर्चिंग फॉर गुड रेस्टोरेंट फाइनली नाइन को हमको एक रेस्टोरेंट दिखा है जैसा पंजाबी ढाबा टाइप सो वी कम्पलीटेड अवर डिनर हीयर स्टार्टिंग में तो बहुत एक्साइटमेंट है और उसके धीरे धीरे ना लाइक वी व लाइक पेस्ट ऑफ एंड देन थ्री मॉर्निंग मॉर्निंग 3 am yes of course g am uh, we reached our guest house it looks like this i'll show you out and out so this is what and i'll show you the room how it looks like this is what uh, our bed with a little cute pillows so these are the cupboards which i already arranged all our luggages सो थ्री थर्टी एम को हम लोग सोए थे और इसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग नाइन ओ को वी गॉड अप एंड वी गॉट रेडी दीज आर अवर आउटफिट्स डे वन so after that uh, a long drive पे गए थे और again for my माई गेट्स क्योंकि वो लॉन्ग ड्राइव प्रिफर करते थे तो लॉन्ग ड्राइव पर गए थे और लाइक दैट आई सॉ दिस बीच इट वॉज लाइक अमेजिंग आके बीच So this is called a Novotel Hotel it's a famous over here Um, these all like uh, we spotted uh, opposite to the RK beach. So I will show you the pictures first. So now the time is like a uh, two o'clock. Uh, it's time to eat lunch time. so we searched and uh, we finally got the paradise here i'll show you out and out so with kids i don't have time to show overview and um, the menu view also so this is what it looks like it's a um, famous uh, restaurant so we तो वी हैव कंप्लीटेड अवर लंच एंड दिस इज माई फेवरेट पार्ट इन रेस्टोरेंटकोर्स एवरी वन that दैट एंड आफ्टर दैट लंच है पार्क जैसे किड्स के लिए अरेंज करके है और, uh, नियर beach and of course we and my kids enjoyed a lot here सो so, इसको बोलते हैं आर के बीच बहुत ही फेमस एंड बहुत ही बड़ा बीच है सो so, स्टार्टिंग में अर्शिया तो बहुत ही डर गई थी जाने के लिए और उसके बाद धीरे धीरे वो खेलने लगी है पानी में सो दिस इज प्ले टाइम एंड ही विथ सैंड देख सकते हो आप किस तरीके से खेल रहा है जैसा हेयर पर एंड मुँह में भी डाल रहा है सो आई लज हिम टू एंजॉय दिस सो ही लव टू डू दिस सो ई एंजॉय डॉट डे वन सो नाउ इट्स अ डिनर टाइम दिस इज वॉट अव डिनर एक्चुअली लाइक ऑल टाइम फेवरेट पानीपुरी समोसा चाट एंड पावजी Yes, really. सो So I request you all to carry some uh, steel kind of uh, reusable straws. So after dinner we had uh, some watermelon juice. So this is what uh, day वन vlog. So सो मेरी वीडियो आपके पसंद हुआ तो प्लीज लाइक जरूर करना एंड फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना If you're not yet subscribed to my channel please subscribe to my channel I'll post day 2 soon